तो दोस्तों हम जो पिछले वीडियो का शॉट आउट जाता भाई वो जाता है एस डब्ब के आदर्श भाई को आदर्श भाई ने हमें कमेंट किया था ब्रो प्लीज शाउट तो भाई बिग शॉट टू तो तो आदर्श भाई और यहाँ पे जो सेकंड शॉट जाता है वो जाता है भाई जूहर गेमिंग YT को इन्होंने कमेंट ब्रो प्लीज शाउट आई एम फ्रॉम बांग्लादेश लव यू तो भाई इतना अच्छा से कमेंट करने के कर लिए अपना प्यार से सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग भी इतना अच्छा सा कमेंट करते रहिए ताकि मैं भी आपको अपने अगले वीडियो में यहाँ पे शॉट देने वाला हूँ और यहाँ का हिसाब में से भाई बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सभी रिक्वेस्ट करता हूँ कर के के और, तो तो और इन फ्यूचर भी आप सभी लोग बढ़िया रहो तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया तो भाई जरूर देख के जाना इस क्योंकि आज के लिए ऊँड के लिए आया हूँ जहां पर अगर आप लोग को ओपी लेवल के रिवार्ड्स आपको से डीम करोगे मदद से देखना मिलने वाले हैं कौन कौन से रिवार्ड्स आपको इस रिडीम कोड की मदद से देखने को मिलेंगे साथ इन रिवार्ड्स को कहा और कैसे रिडीम करना है सारा कुछ प्रोसेस आज के स्टूडियो बताने वाला हो सोश मेक श्योर के आपको वीडियो करता, देखते रहना है।, वीडियो है तो वीडियो को लाइक कर देना साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि हमारे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो चले गए बिना तरीके वीडियो के तरफ भरते हैं तो दोस्तों में सबसे पहले आपको इस रिडीम कोड के रिवार्ड्स के बारे में आपको बता देता हूँ सोगछ देखो आपको पैरा आइटम मिलेगा इस रिडीम कोड मदद से वो आपको लॉली मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों लॉली की आपको इस मदद से देखने मिलने वाला है आइटम आइटम में आपको आपको आपको आपको जो जो जो मिलेगा वो वे वुल्फ मिलेगा तो जो मिलेगा वो वो वुल्फ और थर्ड पे एक जर्सी मिलने वाली वाले तो चले गए पर के पास उन करने तो तो के, तो कर कर के बाद होगा इस बि दोस्तों हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी तो भाई सिर्फ चार काम करना होगा तो इससे की आपको आपके दोस्तों को भी यहाँ पे से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और आप लोग जैसे ही चारों काम कर दोगे ना भाई तब आप लोग कैसे हमारे पे चल रहेगी वो एक भी यहाँ पे पार्टिसिपेट हो जाओगे सो तो कैसे यही हो कि आप लोग वीडियो को देखते देखते दे दे चारों काम कर ही दोगे तो यहाँ पे आपको देखो जो पहला काम करना वो भाई आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है जी हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है वीडियो को लाइक होने के बाद में शेयर वाले बटन पर क्लिक करके कम से कम अपने पांच से दस दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर ही देना है ताकि आपके दोस्तों भी अपने अकाउंट इधर कुछ इसी तरह के रिडीम कर पाए थर्ड काम में आप आपको जो करना होगा ना वो भाई आपका सब्सक्राइब वाला रेड बटन देखना मिल रहा है आपको वही फटाउट सब्सक्राइब कर लेना है सब्सक्राइब होने के बाद में पास में बेल आइकन पर क्लिक करिए और नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आगे इस बार चाहे हम सब्सक्राइब करोगे आपके लिए रिडीम कोड फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम तो वीडियो बनाने भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सो साथ ही भाई आप लोग वीडियो मतलब कि करके आपने भाई को देने वाला हूँ चारों काम कर दिया होगा ये चारों काम होने के बाद में आप देता हूँ कहाँ और कैसे रिडीम करना है सो रिडीम कोड को रिडीम करने के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा डिस्क्रिप्शन हो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाने के बाद में आप आप दो लिंक मिलेगी भाई हमारे एक मिलेगा तो अगर आप लोगों ने अभी तक तो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा इस लिंक का नाम होगा लिंक आपको सिंपल से लिंक पर क्लिक कर देना है सो गए आप लोग जैसे लिंक पर क्लिक करते हो ना भाई तब आपके सामने यहाँ पे जो गरीना की ऑफिसियल आपके सामने आप आ जाती है। सो के बाद पहला काम करना होगा ना वो भाई आपको अपना फ्री फायर अकाउंट यहाँ पे लॉग इन कर लेना है जो की आप लोग अपना फ्री फायर अकाउंट यहाँ पे लॉग कर लेना फ्री फायर अकाउंट यहाँ पे लॉग होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने लगता है आपके सामने लिखा हुआ रिवार्डी देखो अगर आप लोग वीडियो शुरू से लेकर एंड से देखो ना तब यहाँ पे आपको सारा कुछ रिडीम को मतलब एक बॉक्स चार कोड लिखते चार चार कोड करके बारह कोड फिल कर दोगे तो आपका भी टाइप करने के बाद बटन देखने को मिल रहा है आपको कन्फर्म कर देना और तो आप लोग जैसे ही कंफर्म करते हो ना तब आपका जो फ्री फायर का मेल बॉक्स होता है वहां पे आपको ये सारे आइटम्स देखने को मिल जाएंगे तो आपको मेल बॉक्स में जाकर ये सारे आइटम्स को क्लेम कर लेना है दोस्तों ये तो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि आपको इस रिडीम कोड की मदद से यहां पे कौन से रिवार्ड्स मिलेंगे साथ ही इस रिडीम कोड को कहां और कैसे रिडीम करना है सो गाइस अभी अपन लोग बात कर लेते हैं कि इस रिडीम कोड की मदद से वाला जो रिडीम कोड है यहां पे लिमिटेड लोगों के लिए है या फिर अनलिमिटेड लोगों के लिए सो गाइस देखो वाला वाला जो रिडीम कोड है यहां पे लिमिटेड लोगों के लिए है तो जो कि आप लोग समझ सकते हो भाई अभी मेरे को पता नहीं किस रिडीम रिडीम रिडीम कोड कोड ये कब तक एक्सपायर हो जाएगा तो आप लोग भाई भाई वीडियो वीडियो को को फटाफट फटाफट से से देखो और वीडियो को भाई देखते से इस रेडियों को रेडियों करने चले जाओ जो साथ ही कर लेना ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो चले गए आज के वीडियो बस इतना मिलता हूं आपसे अपनी अगली किसी खास वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद जय जै भारत और राम भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब सब्सक्राइब को बटन कर ही लेना